दारू में पानी पीने मिला मिला के गया। और के, के, के, के बाद पहले तो अंजलि खाया, मैं फिर खाया। और मैंने फिर बटर खाया उसके बाद अंजलि चूहे भी खाना चालू कर दिया कितना प्यार करती हूँ चूहे खजम होने के बाद छिपकारी भी चालू कर दिया मैंने अंजलि छिपकारी भी खाने लगा तू करता और क्या क्या खा मेरे प्यार में? खादी प्यारिया खत्म हो गई तो मैंने करने का दक्षिण अफ्रीका अंजलि मैंने आज बुलवाया तुम्हारे प्यार में पांच फीट लंबा है अंजलि काला काला है चोट बोलता रहे तू घंटे चपकली खाते वो खाते हो कॉकरोच खाते हो तुम किस तरह से मुझसे प्यार दिखाते हो तुम गई तुम लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो ना कर लो चैनल